नमस्कार राम राम अभिवादन आप सभी दर्शकों का कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती दर्शकों भारतीय होने के नाते गर्व करिए कि हम लोगों हमारे वैज्ञानिकों ने इतना बड़े मिशन को अंजाम दिया और फिर हम आप लोगों से अपने इस राशिफल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि फिर से संपर्क स्थापित होगा ही होगा अकाट्य सत्य है क्योंकि तो जो लोग मेहनत करते हैं ना ईश्वर उनका साथ देते हैं आज हमारे देश के ऊपर तमाम पड़ोसी देश उनका तो नाम लेना भी अपने ज़ुबान को गंदा करना है हंस रहे हैं लेकिन एक दिन उनकी इसी हँसी के कारण वो हँसी का पात्र दूसरों के लिए बन जाएंगे और बहुत ही जल्द वो समय आएगा कि जब फिर से संपर्क चंद्रयान दो का स्थापित होगा आप लोग तनिक भी चिंता मत करिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत देखिए अभिवादन एक समझ लीजिए कि वो देश के पिता तुल्य हैं जिस प्रकार से जो है उन्होंने हौसला जो है बांधा है वैज्ञानिकों का उनके लिए जो है हमारे जो है नज़रों में उनकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है खैर दर्शकों चलते हैं राशिफल की ओर 9 सितंबर का दिन सोमवार का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा होगा इस पर हम चर्चा करेंगे प्लीज़ दर्शकों आप लोग देखिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए डिसलाइक भी करना है तो कर दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और हमें इस बात का अफसोस है कि जो हमने भविष्यवाणी की थी उस पर डिसाइक्स आए हैं इस चीज़ की हमको उम्मीद नहीं थी कि हमारे कुछ हमारे जो है देश के अंदर जो जयचंद लोग हैं वही जो है पीठ में छुरा भोगते हैं तो ऐसे जयचंदों से आप लोग भी बच के रहिएगा और वो जयचंद हमें सुन भी रहे हैं भली भांति तो आपका तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है पंचांग की ओर चलते हैं पांच अंगों से मिलकर के पंचांग बनता है तिथि वार नक्षत्र योग करण तो पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है विक्रम संबत्त दो हज़ार छिहत्तर सख इस समय दर्शकों भादव मास की शुक्ल पक्ष है और जो एक जो है तिथि रहेगी एकादशी रहेगी इसके उपरांत द्वादशी तिथि लग जाएगी एकादशी तिथि में चावल और दाल नहीं खाना चाहिए और द्वादशी तिथि को खास करके मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए हमारे शास्त्रों में इनकी मनाही है दिशा की बात करते हैं सोमवार का दिन रहेगा पूर्व दिशा की ओर दिशाशूल रहेगा यदि आपको यात्रा करनी हो तो दर्पण देख करके यात्रा करिएगा और मिश्री जरूर खाइएगा तब यात्रा करिएगा पहले पश्चिम दिशा की ओर चार पग चलिए उसके बाद पूर्व दिशा की ओर जाइए नक्षत्र रहेगा पूर्वा इसके उपरांत उत्तरा नक्षत्र रहेगा योग रहेगा सौभाग्य इसके उपरांत शोभन योग होगा करल रहेगा वरीब इसके उपरांत बिष्टि करल रहेगा चंद्रदेव जो रहेंगे दोपहर तीन बजकर बारह मिनट तक की धनु राशि में विराजमान रहेंगे इसके उपरांत ये मकर राशि में आ जाएंगे सूर्योदय सूर्यास्त की बात कर लेते हैं लखनऊ क्षेत्र को मानक मानकर के पंचांग बनाया गया है तो प्रातः पाँच बजकर तिरपन मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा शाम को छह बजकर चौदह मिनट पर सोमवार के दिन के राहु काल की बात कर लेते हैं तो सोमवार का राहु काल रहेगा सुबह सात बजकर पच्चीस मिनट से आठ बजकर अट्ठावन मिनट तक की इस दौरान आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना है शुभ कार्यों को यदि करना हो तो हम जो समय बताने जा रहे हैं इस समय में करिएगा तो शुभ कार्यों को करने के लिए विजय मुहूर्त है दो बजकर सात मिनट से दो बजकर सत्तावन 1 मिनट तक का जो समय रहेगा का है इसमें आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं, हैं।, हैं। राशि फल पर आगे बढ़ते हैं दर्शकों की हमारी मेज से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन तो दर्शकों चलिए शुरू करते हैं राशिफल में हमारी पहली राशि आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों आज आपके सभी काम आपके मन मुताबिक पूरे होंगे और इसी कारण आज का दिन आपका खुशी भरा रहेगा आज आप अपने पुराने मित्रों से मिलकर उनके साथ किसी खास विषय वस्तु पर चर्चा कर सकते हैं जिसका आगे आने वाले दिनों में आपको लाभ संभव है दाम्पत्य संबंधों की बात करें तो पति पत्नी के बीच आज का संबंध मधुर बना रहेगा आज के दिन आपको कई तरीके के कटु अनुभव भी होंगे और उन उनुभवों के आधार पर आपको जो है कुछ समझ भी आएगी वहीं अगर आप बिजनेस करते हैं तो आज आपको कोई सफलता हाथ लग सकती है कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन शिव चालीसा का पाठ करिए और आज लक्ष्मी जी के सामने एक देसी घी का दीपक भी जरूर जलाइए जिससे आपके धन के कोष में बढ़ोतरी होगी शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा एक शुभ दिशा आपकी रहेगी पूर्व दिशा वृषभ राशि के जातकों तो आज आप परिवार के साथ बेहतर टाइम स्पेंड करेंगे वृषभ राशि के जो जातक मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें आज तरक्की का कोई बहुत बड़ा मौका हाथ लग सकता है लिहाजा आज आपको ध्यान देना है कि ऐसे हैं, तो उन्हें हाथ से न जाने दे किसी बड़ों की मदद से चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए और यदि हो सके तो आज चंद्रमा का मंत्र जो है ओम ऐम क्लीम सोमायलर आपके लिए रहेगा व्हाइट अंक आपके लिए रहेगा दक्षिण वहीं मिथुन राशि के जातकों आज का दिन कैसा रहेगा तो आज ऑफिस में आपके सीनियर से आपको काफी सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपकी आमदनी में भी इजाफा होने के आसार है आज आप पूरे दिन खुद को तरोताजा महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं जिससे घर का वातावरण भी बहुत ज्यादा शांतिदायक रहेगा वहीं आज का आपका जुकान आध्यात्मिक पक्ष की ओर ज्यादा रहेगा जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज विदेश यात्रा के योग बनने और कोई पद प्रभुता भी आपको मिलेगी जीवन में बड़े लोगों का आपको सहयोग मिलेगा उपाय के तौर पर कोशिश कीजिएगा शिवलिंग पर आज आप जल से अभिषेक करिएगा बिल्वपत्र चढ़ा करके शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा शुभ दिशा आपके लिए रहेगी उत्तर कर्क राशि के जात को आज कोई बहुत बड़ा फैसला लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लीजिएगा कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ी सी अड़चने आती हुई दिखाई पड़ रही काफी दिनों से अधर में लटके हुए कार्य आज, आज आपके पूरे होने की उम्मीद है लेकिन आज कोशिश कीजिएगा कि अपने वाड़ी पर आपको नियंत्रण रखना रहेगा किसी के साथ आपकी जो है बहस हो सकती है हाथापाई की भी स्थिति आ सकती है कोशिश कीजिएगा कि आज एक दिन हनुमान अष्टक का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा भगवा कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा रहेगी उत्तर सिंह राशि ग्रहों के राजा सूर्य की राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आज आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा जिसके कारण आज आपके सभी कार्य आपकी इच्छा अनुसार पूरे नहीं हो पाएंगे आज सिंह राशि के जातकों जो है कोई नया प्रेम संबंध स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ रहा किसी मित्र की सहायता से आज आप किसी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी खास करके जो छात्र वर्ग हैं उनको कोई सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही भविष्य को लेकर के आज कोई बहुत बेहतर कदम उठा सकते हैं उपाय के तौर पर शिव शास्त्र नाम का आप लोग पाठ करिए और देव को अर्घ्य दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा लाल शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा वहीं कन्या राशि के जात को आज का दिन कैसा बीतेगा तो सोमवार का दिन आपका एनर्जी भरा रहेगा आज अपने आप को आप लोग तरोताजा महसूस करते हुए नजर आएंगे आपको अपने अंदर आत्मविश्वास जो है बहुत ज्यादा जो है आएगा आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के भी आसार हैं आज आप किसी जो है यात्राओं के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं अपने शहर से बाहर जाना हो जाएगा प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है है किसी अहम मामले में सीनियर्स के साथ आपकी बातचीत हो सकती है। छात्रों की जो है बात करें तो कन्या राशि वाले छात्र आज पढ़ाई लिखाई में पूरी रुचि लेंगे कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन गाय को आप लोगों को रोटी और गुड़ ये जरूर खिलाना रहेगा और श्री मंत्र का मानसिक रूप से जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पर्पल शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा, आपके लिए रहेगी, ये रहेगी दिशा। तुला के जातकों के लिए किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले जीवन साथी की सलाह लेना बेहतर रहेगा आज आपका मन पूजा पाठ अध्यात्म में बहुत ज्यादा रहेगा और बिजनेस मैन यदि आप हैं तो ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है लंबी दूरी की यात्राओं की भी आज आप प्लानिंग कर सकते हैं कठिन परिस्थितियों में कठिन स्थितियों में आज आपकी दोस्त आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करिए और घर से बाहर जब कार्यक्षेत्र पर निकलते हैं तो मिश्री का सेवन करके जाइए आपका दिन शुभ रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी यह रहेगी उत्तर वृश्चिक राशि कैसा रहेगा आज का दिन क्या कहते हैं सितारे लेकिन दर्शकों दिल्ली आ रहे हैं 14-15 तारीख को इच्छुक दर्शक दिल्ली से हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं और जो कोई भी उज्जैन से भी हैं तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं वहीं वृश्चिक राशि के जात को थोड़ी सी मेहनत में आप ज़्यादा बड़ा जो है ए, सफलता का स्वास्थ्य चकते हुए नजर आएंगे आज आपका आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत रहेगा जो जिस सम्मान के आप हकदार थे वास्तव में वो सम्मान आज आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय आज आपका बीतेगा घूमने फिरने के लिए आज बाहर जा सकते हैं रिश्तों में मधुरता आएगी कंप्यूटर स्टूडेंट हैं और वृश्चिक राशि के हैं तो आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है जितनी ज़्यादा आज आप मेहनत करेंगे उतने बढ़िया नतीजे आज आप हासिल करने में नजर आएंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन शिवलिंग पर दूध में काला तिल डालकर के अभिषेक करिए क्योंकि साढ़े साथ का अंतिम चरण भी चल रहा है तो शनिदेव की भी कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व धनु राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो राशि के जात को आज आपका मन आध्यात्मिक ओर बहुत ज़्यादा रहेगा लिहाजा आज, आज आप परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शनों के लिए जा सकते हैं ऑफिस में भी आपके काम की तारीफ होगी आपको अपने सहयोगियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा वही जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है और यदि कोई जो है नया प्रेम संबंध भी आज स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ रहा भाग्य का कुल मिला के पूरा साथ आपको मिलेगा कोशिश कीजिएगा कि आज दुर्गा चालीसा का आप लोग पाठ करके तब घर से निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा कैप्रिकॉन मकर राशि क्या कुछ कहता है आज का दिन आज के सितारे क्या कहते हैं तो दर्शकों देखिए आज आपको अपने जिह्वा पर अपने शब्दों का चयन स्वस्थ शब्दों का चयन करना है जुबान पर लगाम लगानी है किसी को आप नहीं कहने हैं आज ऑफिस में सीनियर्स के साथ आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी आज आपको धन लाभ के नए सोर्स मिल सकते हैं साथ ही आज आप परिवार वालों के साथ अपना अच्छा समय स्पेंड करते हुए नजर आएंगे बचपन के किसी दोस्त से आज, आज आपकी मुलाकात हो सकती है जिनके साथ आज आप कहीं बाहर जा सकते हैं घूमने आज आपका किसी के साथ बात विवाद भी, भी हो सकता है इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा और Uh, कोशिश कीजिएगा कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ खा करके और दर्पण देख करके जरूर निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम कुंभ राशि एक्वायर्स क्या कुछ कहता है तो कुंभ राशि के जातकों आज लोगों पर आपका विश्वास बना रहेगा कुंभ राशि के जातक और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हैं तो आज आपकी सफलता कदम चुमेगी वहीं आज संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा जिससे आपके घर का माहौल खुशनुमा रहेगा दांपत्य जीवन में भी आपसी सामंजस्य उत्तम रहेगा रोजमर्रा के कामों से आज, आज आपको जो है फायदा होगा कारोबारियों के लिए लाभ के अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और नए लोगों से मुलाकात लाभदायक सिद्ध होगी ओम नम शिवाय मंत्र का एक 108 बार जाप करिए धन लाभ के तमाम अवसर मिलेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पर्पल कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर पूर्व अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों आप लोगों से वही अपील करना चाहते हैं कि देखिए यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और फिर आप लोगों को भविष्यवाणी अपनी बता रहे हैं कि चंद्रयान दो से संपर्क पुनः स्थापित होगा अकाट्य सत्य है और हनुमान जी ये चीज़ कराएँगे बालाजी महाराज की जो है कृपा रहेगी सब कुछ अच्छा होगा अच्छा सोचिए अच्छा होगा और हमेशा पॉजिटिव रहिए कभी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए देखिए परिस्थितियों को अगर देख करके आप घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा एक छोटा सा जीवन मिला है अपनी आशाओं को अपनी उम्मीद को यूं ही बरकरार रखें और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब और बगल में बना बेल बेलाइकन दबाइए दिल्ली में 14-15 सितंबर को हमसे मिल सकते हैं यही बताना था अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि आज कोई व्यक्तित्व तो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स आने के योग बन रहे हैं आज आप जॉब स्विच करते हुए नजर आएंगे परिवार में उत्साह बना रहेगा संतान पक्ष से जो भी आज आपको आग खुशी मिल सकती है आज वो देंगे आपकी बेहतर सोच से हालात जो है सम्भलेंगे जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बढ़िया रहेगा आपको व्यापार में मुनाफा रहेगा ऑफिस में किसी सहकर्मी से आज आपकी जल्दी ही दोस्ती हो जाएगी कोशिश कीजिएगा शिवलिंग पर शमी पत्र, शमी समयते पाप ना शमी पत्र और बिल्व पत्र के साथ जल्द से अभिषेक करिए ओम नमः शिवाय मंत्र से भोलेनाथ सब कुछ बेहतर करेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये दक्षिण पश्चिम दिशा आपके लिए शुभ रहेगी तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और नए हैं तो सब्सक्राइब बेलाइकन दबाइए फेसबुक पेज पर पे देख रहे वीडियो को जमकर शेयर करिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद